अरे भाई भाई, हेलो, लंदन? लंदन। लंदन। फर्स्ट टाइम मगर अंग्रेजी में में क्यों बातें कर रहे हो? हिंदी में बात करो ना। <laughs> नहीं ये बीच में अंग्रेज बैठे उसको भी समझ में आना चाहिए ना हम लोग क्या बातें कर रहे मुझे <laughs> <laughs> भी हिंदी है yeah! yeah! yeah! yeah! लगा बेटा बैठा बैठिए, बैठिए, बैठिए, सोफा बैठिए बैठिए पानी दो अब मेरे साथ क्यों इस तरह से बात कर रहे हैं मैं तो आपके पास समझ की हूँ